टिंडौरी के प्रसिद्ध कुकर्राम मंदिर में पूजा करने को लेकर विवाद हो गया यह पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और कथावाचक ऋचा गोस्वामी के बीच हुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है मामला प्रतिष्ठित कुकर्राम मंदिर का है जहां कथावाचक ऋचा गोस्वामी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची थी लेकिन पुरातत्व विभाग के कर्मचारी ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें पूजा करने से रोका जिससे कथावाचक ऋचा और कर्मचारी के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दे दी सूचना मिलने के बाद पुलिस मंदिर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है ग्राम में के कर्मचारी और कोई के सुनी का मेटर सामने आया था जिस पर हम बल के साथ वहाँ पहुंचे थे वर्तमान में दोनों के बीच जो कहा हुई थी आपस में सुलह हो गया और मंदिर पर शांति गोस्वामी अपने आप को बता रही है ये मंदिर में अंदर जो है अब शेख पूजा के लिए सामग्री ले गई पाठ करने लगे इनको बोले कि भाई पूजा पाठ अब शेख अंदर मना है तो ये जबराइन करने लगे इसके बाद एकदम ये उत्तीजित हो गए और ये जो मैं कर्मचारी हूँ मेरे ऊपर एकदम हमला करने लगे कालक फटकने लगी विवाद करने लगे और इसके बाद जब स्थिति गंभीर बनी तो मेरे को पुलिस को सूचना करना पड़ा डिपार्टमेंट को सूचित किया वो खबरें जो आपके काम की है